तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम बैक बे एक्टर ने लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं तो वर्किंग जम्पी चैप्टर टू मेरे अगली वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले वो वीडियो थे उसमें क्या था तो अमंडा जो तो उसमें किडनेप किया था वो अमंडा को हम चुड़ा के लाए थे और वापस प्लस में वो जो आता टावर क्लॉक टावर जो टावर था बड़ा उसको डिस्ट्रॉय करना था हमने वो भी कर लिया था डिस्ट्रॉय भी कर लिया था उसको भी तो ये अमंडा क्या करिए थैंक्स फॉर सेविंग मिस सिया ओके थैंक्स यू डोनीट व ओके थैंक्स आ, कुछ मिला प्लस फाइव करके करमा करके कुछ मिला क्या पता क्या है आ, अभी तो हमें जाना है किसके पास वहाँ उधर न्यू करके वो ट्रेडर के पास उस दुकान पर जाते पहले तो वो रही पर है साइड में इधर तो सबसे पहले तो अपना मैप खोलते वापस ऐसी में होम जाते क्योंकि हमें वापस वहाँ पर बुलाया था कुछ काम था वहाँ पर जो उसका क्या नाम था उसका आ, कुछ नाम करके हैं वहाँ पर पहले तो हम निशान करते वहाँ पर जाते पहले तो अब हमें वेव से लड़ना पड़ेगा लग रहा है तीन वेव आएगी और इस वाले वेव में कितने आएंगे वो तो नहीं पता इसका यूज़ करना पड़ेगा और इसके इसके अंदर यूज़ करने से पहले तो आ, ओके ये वेव आ मतलब चम्बीजों की वेव होती है मतलब साले साथ में ग्रुप के आते हैं सत्रह जो नहीं इसमें इस बार मैं मार पाऊँगा कि नहीं मार पाऊँगा क्या पता आ, एक ख़त्म हो गया ये ये दो ये तीन चार चार और ये पांच छः पांच और इसको फोड़ते हैं ये ये आठ आठ खत्म हो वो, वो पीछे से भी आ रहे और मेरी हेल्थ भी बहुत कम हो रही है मेरे तो बावीस सत्रह में गया गया बस एक दो पीछे अरे मेरी वे बहुत हेल्थ हुई खत्म बाय बाय खत्म खेल जम भी जुमिंग कम वो मेरे पास अभी तो फाइनली फ्रेंड्स हमने वेब नंबर वन तो खत्म कर दिया है वेब नंबर टू आने वाली है पर हमारे पास हेल्थ भी बहुत कम है क्या होने वाला पता नहीं है मुझे भागना ही पड़ेगा लग रहा है वो ख़त्म कुत्ते ने काट लिया तो फ्रेंड्स फाइनली हम यहाँ ले ला के वहाँ पर आ गए हॉस्पिटल में हम ठीक हो गए बट वापस से हमारे पास बाईस से भी परसेंटेज हमारे पास है हेल्थ है तो हमें सबसे पहले तो हेल्थ वो हेल्थ पूरी करनी है सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये जो कर्मा है ये कर्मा के बारे में कुछ डिसीजन करके कुछ लिखा हुआ उसके बारे में बताया हुआ रहा है उसके ऊपर हम जाते इधर ना ये उस बॉक्स वाले के ऊपर हाँ ये रहा सबसे पहले तो अपनी हेल्थ बढ़ानी और हेल्थ में ये रहा ये जो बैंडेज है उसको हम लगाते पहले तो इसका यूज़ करते हैं यहाँ के तो नहीं पहले इसका यूज़ करते हमें कितने इसके अंदर कितने कटेंगे कुछ नहीं प्लस अट्ठा हो गए जो चालीस अभी तो मेरे पास जो परसेंटेज है जो हेल्थ है वो चालीस हेल्थ है अभी तो मैं अभी तो मैं क्या ख़रीदना चाहिए अभी इधर तो कितने खोते ख़रीदना चाहिए मैं वहाँ पर जाना चाहिए पहले तो जो ट्रेडर है उसके पास तो हम पहले तो वहाँ पर जाते हैं ट्रेडर के पास और यहाँ पर तो कुछ नहीं हाँ ये ट्रेडर के पास जाना हो तो ट्रेडर ये अरा स्पीक टू ट्रेडर ओके तो हम इससे बात करते वट एम एल वन ओके बायो हार्ट आ, हमें ख़रीदना चाहिए ये वाला हाँ बायो हार्ट ये हमने ख़रीद ले लिया और ये जो शर्ट कॉन है उसका उसका तो मिसिंग मतलब ज़्यादा पैसे कह रहे चलो इसको छोड़ो तो इसको हम तो पहले कंसर्ट कैंसिल करते और हमें वापिस इसको छोड़ो और हमें लेते हैं और हमें पास बैंडेज हमें लेने चाहिए पहले तो हम इसका ये जो बायो हार्ट है उसका यूज़ करते पहले, पहले तो हम पहले तो इधर आते हैं और इसका यूज़ आई एम हर एनर्जी नहीं इस पर नहीं हो गया यूज़ और चलो ट्रेडर पे चलो और इसके पास क्या खरीदना चाहिए हमें य जो है वो बैंडेज बैंडेज हाँ ये बैंडेज लेने चाहिए इसका यूज़ करते हम कुछ अट्ठारह हीलिंग ही लिए हमने और मेडिकेट भी ले लेते साथ में चौबीस पावर की तो फोटी एट हीलिंग भी हमने ये ले ली मेडिकेट अब पैसे खत्म हो गए फ्रेंड्स अब उधर जाकर अब बैंडेज को बैंडेज का यूज़ करेंगे बैंडेज हमें वहाँ पर जाना चाहिए बॉक्स के अंदर कहाँ पर है बैंडेज ये रहे सत्रह बैंडेज इसका एक, एक यूज़ कर अभी तो फूल नहीं इतना एक वो के सृष्टि हो गया अब अब हमें और भी ये बैंडेज तो नहीं अभी तो हो गए बहुत सारे बैंडेज चलो हम वापस वहाँ पर जाते सबसे पहले हम वहाँ पर जाते हम और वहाँ पर पहले तो देखते हैं इस बार होता ही नहीं होता वरना वापस आ जाएंगे उसके बाद हम नहीं खेलेंगे उसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे अगर तीन वे में ख़त्म करती थी जॉम्बीजो को सतराह सत्रह सतरह करके तो खेलेंगे फिर वरना तो अगली वाली वीडियो में देखेंगे वरना एक बार आप इसे कोशिश करते ट्राई करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहला तो हम अपना मैप खोलते हैं उसमें ये ए से वहां पर डालते हैं जहाँ निशान सो ओके तो फाइनली गाइड हम वापस ऐसी यहां पर आ चुके लोकेशन पर और इस बार तो मार पाएंगे नहीं मार पा, मार पाएंगे जो जो को यार नहीं वो तो नहीं पता बट कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तो हम अपना ये गन निकालते कहाँ ये मैं वापस पड़ा ले सबसे ये क्या हो रहा है मुझे वापस नहीं जो होता वो कैंसिल करते और इसके अंदर वापस हम यूज़ करते इसका आ, ये ये बस ये वापस सीट मिल गया मैं ये यूज़ करते हैं और इसको हम मारते हैं चलो जो को। ये थ्री इसको मारते पहले वो इस, उसमें काटने भी लग गए इसको मारते वो पीछे से काट रहे और भी सात जने ख़त्म हुए पहले तो उसको मारते हैं बस पंद्रह जोने हो गए दो और को मारने अभी तो हमारे पास जो है हीलिंग वो इकतालीस है इकतालीस परसेंट हमारे पास है अभी तो और भी आएंगे और पास में इसको एक शॉर्ट गन मारते हैं इनको दो तो सेकंड ये ओ हमारे पास एम ही नहीं है फ्रेंड्स हमारे पास एम ही नहीं, खत... <laughs> है? नहीं। हम कैसे करें अब इससे मारना पड़ेगा हमें इसको हम ख़त्म करते पहले तो तो इसको तो ये पास आना तो ये इसको ये हो गया कहते हैं वेब नंबर दूसरी जो दूसरी वेब उसमें आएगी उसमें सोलह बंदे तो हमें सबसे पहले चाहे कि वहाँ पर कर्न के पास चल चला जाना चाहिए जो बड़ी वाली कर्न है उसके पास आनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर एमोन नहीं है तो वो हमारे साथ रहकर तो अच्छा रहेगा वो उसको संभाल सकता है और फोर्टी तो हमारे पास है। हीलिंग हो कुत्ता आ गया मेरे को पता था ये कुत्ता इसका क्या करना है और इसको कैसे मारे अब इसको मारना ही पड़ेगा उसको भी पर हमको भी मारा और फिफ्टी फिफ्टी फिफ्टी फिफ्टी मर जा अरे मरना हम मर गया ट्वेंटी सेवन परसेंट अभी है जो है अभी तो मैं ये जो आता है इसको अभी तो इसके अंदर तो ख़त्म होगी अब हम चारों से फंस गए अब हम गए भाई खत्म तो हमारी हेल्थ हमारी हेल्थ खत्म तो फ्रेंड्स आज के दिन इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके रिलेटेड इसके साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए जिसके रिलेटेड रिले आपको वीडियो मिलती रहेगी और आप और आपके फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा थैंक्स माय वॉचिंग